सूरदास जी आपका नाम क्या है उड़ते बादल से पूछो बहती नदियों से पूछो इन पहाड़ों से पूछो इन नजारों से पूछो उनको पाता है मेरा नाम उनको पाता है मेरा नाम